एक राज्य के राजा को जो कोई भी मिले सभी से कुछ न कुछ पूछकर सीखते रहने का स्वभाव हो गया था उसके इस स्वभाव के कारण ही उसने काफी कम उम्र में बहुत ही ज्यादा अनुभव ग्रहण कर लिया था सीखते रहने की इस प्रवृत्ति के कारण वह हमेशा किसी से न किसी से कुछ न कुछ पूछता रहता था एक बार राजा राजे भ्रम के लिए वेश बदल अपने महल ऐसी बाहर निकला ही था की उसे महल के बाहर ही एक वीरता किसान मिल गया किसान के बाल पक गए थे लेकिन शरीर में अभी भी जवानों जैसी चेतन विधावान थी किसान की चेतना का रहस्य जानने और पूछने की अपनी प्रवृत्ति के सफल स्वरूप उसने वृद्धों से पूछा महान भाव आपकी आयु कितनी होगी वृद्धो ने राजा को मुस्कान भारी दृष्टि से देखा और बोला चार कुल राजा किसान की बात सुनकर कर मुस्कुरा दिया राजा ने सोचा वीर शायद मचा कर रहा है इसीलिए राजा ने दोबारा किसान से वही सवाल पूछा लेकिन इस बार भी किसान ने वही जवाब दिया किसान का जवाब सुन राजा क्रोध से भर गया एक बार तो विचार आया कि वृद्धा किसान को बता दिया चाहिए कि वह कोई आम आदमी नहीं वरण वेश बदल आया हुआ इस राज्य का राजा है लेकिन फिर राजा को अपने गुरुर की कही एक बात याद आई की क्रोध और उत्तोजित हो होने वाले व्यक्ति कभी कभी ज्ञान हासिल नहीं कर सकते यह सोचकर राजा का क्रोध वही शहन अब राजा ने नए सिरे पूछा पिता आपके बाल पक गए आप लाठी लेकर चल रहे हैं शरीर में झुरिया पड़ गई मेरा अनुमान है कि आप अस्सी वर्ष से कम के न हो लेकिन फिर भी आप अपनी उम्र महज चार वर्ष ही बता रहे है यह कैसे समय हो सकता है उन्होंने गंभीर होकर कहा आप बिल्कुल ठीक कर है मेरी उम्र अस्सी वर्ष ही है किंतु मैंने अपनी जिंदगी के छिहत्तर वर्ष धन कमाने ब्याज शादी करने और बच्चे पैदा करने में गवा दिया ऐसा जीवन तो कोई पशु भी जी सकता है इसीलिए मैंने उसे जीवन नहीं मानता हूँ यह बात मुझे 4 वर्ष पहले समझ आई और मैंने अपना जीवन इसलिए उपास जब तब में करुणा और सेवा में लगा दिया इसीलिए मैंने अपने आप को मह चार वर्ष का ही मानता हूँ सेवा और सहजनता का जीवन जीने लगा